भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर कटाक्ष किया और कहा कि वे अभी अमेरिका में थे वहां के लोग बोले कि ऐसा तो हमारे यहां होता है गर्लफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती है ठीक वैसे ही नीतीश कुमार ने नया राजनीतिक साथी चुन लिया है नीतीश कब हाथ मिला ले और कब छोड़ दे पता नहीं भाजपा के महासचिव कैलाश विजय ने इंदौर में कहा की संसदीय बोर्ड में परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया है नए लोगों को भी बोर्ड में शामिल किया गया है इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए संगठन मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ेगा विजयवर्गीय ने बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे अभी अमेरिका में थे वहाँ के लोग बोले की ऐसा तो हमारे यहाँ होता है गर्लफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती है ठीक वैसे ही नीतीश कुमार ने नया राजनीतिक साथी चुन लिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सत्ता वापसी के दावे से जुड़े सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि उनकी उम्र 75 वर्ष से ज्यादा हो गई है उनका समय सपने देखने में ही कट रहा है वहां पर बड़ी अच्छी बात थी। मुझे लगता कहना, है नहीं कहना चाहिए ने मैं विदेश में था जिस दिन जिस दिन बिहार की सरकार बदली तो एक ने बोला बोले ये तो हमारे यहाँ होता है बोले बायफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की <laughs> तो बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी ही पूछे थे कब किससे हाथ मिला कब किसका हाथ छोड़े <laughs>